जय बागेश्वर धाम की बालाजी महाराज की जय जय की की महाराज जय धाम बालाजी सीता यहाँ पर हर जी श्री के धाम में पूरन होती श्री पूरेश्वर के धाम में पूरन होती पूरी यहाँ पर आते हैं अपना हाल सुनाते हैं राम नाम की महिमा व्यारी चमत्कार हो जाते हैं आते हैं अपना हाल सुनाते हैं राम नाम की मायमा प्यारी चमत्कार हो जाते हैं बिन बोले ही पहले यहाँ पर लिख जाती है श्री श्री के धाम धाम में में पूरन पूरन बालाजी जाते हैं, फल पाते हैं ग्राम गा में चलन शीष चुका जाने बाबा जो की मर्जी श्री बागेश्वर धाम में पूरण होती हर्जी श्री बागेश्वर के धाम में पूरण होती हर्जी श्री बालाजी के धाम में पूर होती हर्जी